यह वीडियो कॉन्ट्रेक्टर जी क्या है का भाग दो है अगर आपने कॉन्ट्रेक्टर जी क्या है भाग एक नहीं देखा है तो पहले भाग एक देखिए उसके बाद में ही ये वीडियो आपको समझ में आएगा धन्यवाद कृपया ध्यान दें कॉन्ट्रेक्टर जी कंपनी भारत सरकार के साथ पंजीकृत है तथा भारत व राज्य सरकारों के नियमों कायदे कानूनों का पालन करती है यह कंपनी आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत निर्माण उद्योग से जुड़े लोगों को एक मंच पर लाकर नए अवसर प्रदान करती है अब मैं आशा करता हूँ कि कॉन्ट्रेक्टर जी क्या है ये सवाल आपका अभी क्लियर हो चुका होगा तो हम अब आगे वाला सवाल लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर जी हमारे लिए जरूरी क्यों है हमारा काम तो ऐसे ही चल रहा है हम कॉन्ट्रैक्टर जी से ये सब ऑनलाइन काम करने की हमको क्या ज़रूरत है इसके बारे में हम जानते हैं आज जमाना बहुत तेज़ी के साथ बदल रहा है चाहे आने जाने का हो चाहे खाने पीने का हो और व्यापार करने का तरीका तो बहुत ही तेज़ गति से बदल रहा है कहते हैं परिवर्तन ही संसार का नियम है और इस परिवर्तन को जितना ज़्यादा जल्दी स्वीकारा जाता है सफलता का चांस उतना ही ज़्यादा बढ़ जाता है अगर कोई व्यक्ति परिवर्तन को सही समय पर सही तरीके से पहचान कर उस पर काम करने लग जाता है तो सफलता उसको प्रणाम करती है ऐसा नहीं है कि परिवर्तन को सभी लोग उसी टाइम पर सेम समय पर लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं कुछ लोग परिवर्तन को एडवांस में समझ में आते हैं और कुछ लोगों को परिवर्तन धीरे धीरे समय के साथ समझ में आता है शायद आपको याद होगा जब शुरू शुरू में मोबाइल आया था तो लोगों ने इसको स्वीकार नहीं किया था वो लोग कहते थे कि मोबाइल मेरे क्या काम का मेरा काम तो मोबाइल के बिना भी चल रहा है फोन करना है एच डी से कर लूँगा क्यों इस फालतू तो में चार पाँच हज़ार रुपया बिगड़ा जाए लेकिन जैसे जैसे मोबाइल की उपयोगिता बढ़ती गई एच डी खत्म होते गए इंटरनेट का ज़माना आता गया लोग इसको स्वीकार करते गए और आज अधिकांश लोगों के पास में स्मार्टफोन है वो लोग व्हाट्सअप चला रहे हैं YouTube चला रहे हैं Facebook चला रहे हैं आज आप देखे होंगे आजकल वो भी व्हाट्सअप चलाते हैं जिनको ए बी सी डी भी नहीं आती लेकिन इन ऑनलाइन पोर्टलों से इन ऑनलाइन माध्यमों से चाहे YouTube हो WhatsApp हो Facebook पर हो उन लोगों से पैसा वही कमा रहा है जिन्होंने इनका उपयोग करना शुरुआत में सीख लिया था चाहे भले ही वो चाहे फिर YouTube पर कोई वीडियो बनाकर लाखों रुपया कमा रहा हो चाहे Facebook पर अपना पेज बनाकर लाखों रुपया कमा रहा हो चाहे वो लोग जोमेटो Swiggy के साथ जुड़े हो चाहे Amazon पे अपना शॉप डाल के कमा रहे हो सिर्फ वही लोग पैसा कमा रहे हैं जो इन सिस्टमों को उन्होंने सीखा है जो नहीं सीखे हैं वो आज भी YouTube पे वीडियो देखते हैं और जो नहीं सीख पाए हैं वो लोग आज भी बस टाइम पास कर रहे हैं कोई वीडियो देख लिया कोई फिल्म देख लिया बस टाइम पास कर लेते हैं बाकी उन इन, इन अप्लीकेशनों से इस माध्यमों से इन पोर्टलों से पैसा नहीं कमा रहे टेक्नोलॉजी का उपयोग करने में हम कंस्ट्रक्शन से संबंधित लोग बहुत पीछे हैं आज हमें जितनी भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उन समस्याओं का यही एक कारण है कि हम टेक्नोलॉजी का सही दिशा में उपयोग नहीं कर पा रहे हैं और इसके मुख्य दो कारण हैं पहला कारण है कि कंस्ट्रक्शन उद्योग से जुड़े हुए लोगों का शिक्षित न होना और दूसरा कारण है इन लोगों के लिए कोई ढंग का कोई अच्छा सा कंस्ट्रक्शन का ऑनलाइन प्लेटफार्म न होना एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफार्म जहाँ पर कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए लोग अपनी सेवाएँ तथा प्रोडक्ट ऑनलाइन बेच सके कहने को तो हम कह सकते हैं कि आज भी हम एमोज़ोन इंडिया मार्ट जस्ट डायल जैसी कंपनियों पर हम अपनी सेवाएं बेच सकते हैं लेकिन कंस्ट्रक्शन के लिए ये कंपनियां बनी ही नहीं है इन कंपनियों की मेन कैटेगरी में, में कंस्ट्रक्शन है ही नहीं ये तो बाद में इन्होंने इन लोगों ने जोड़ दिया है कंस्ट्रक्शन को ये कंपनियां मोबाइल टी जूता चप्पल बेचने वाली कम्पनियाँ हैं ये कंपनियाँ शादी कराने वाली तथा शादियों में कैटरिंग के ऑर्डर लेने वाली कंपनियाँ हैं ये जो कंपनियाँ हैं ये एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट बेचने वाली तथा हेलीकॉप्टर बेचने वाली कंपनियाँ हैं ये कंस्ट्रक्शन से इनका कुछ नाता देना लेना देना नहीं है ये कंपनियाँ स्पेशल कंस्ट्रक्शन के लिए बनी नहीं है यहाँ पर कोई भी आदमी आकर अपनी प्रोफाइल कंस्ट्रक्शन के नाम से बना सकता है कोई भी आदमी कॉन्ट्रैक्टर बन लोगों के साथ में ठगी कर सकता है इन लोगों के लिए कॉन्ट्रैक्टर होना ज़रूरी नहीं काम अच्छा होना ज़रूरी नहीं इन लोगों के लिए बस सिर्फ पैसा होना चाहिए पैसे वाला होना चाहिए और यही एकमात्र कारण है जिनके कारण आम आदमी आम ग्राहक आम कस्टमर इन कंपनियों पर भरोसा नहीं करते हैं जो विश्वास लोग कॉन्ट्राक्टर जी पर करते हैं ऐसा विश्वास दूसरी कंपनी पर नहीं करते हैं क्योंकि ये जो दूसरी कंपनियां हैं वे कॉन्ट्रैक्टर्स लोगों को वेरीफाई नहीं करती हैं ये जो हार्डवेयर के जो ये सप्लायर्स हैं ये उनको जो यहाँ पे अपने यहाँ लिस्ट कराते हैं वो यहाँ पे उनको कन्फर्म नहीं करते वो वेरीफाई नहीं करते बस उनको सिर्फ जोड़ देते हैं भारत की एक पहली कंपनी है कॉन्ट्रैक्टर जी जो लोगों के पास में जाकर कॉन्ट्रैक्टर्स को वेरीफाई करेगी जो हार्डवेयर मटेरियल होगा उसकी शॉप पे जाकर उसको वेरीफाई करेगी जिन कॉन्ट्रेक्टर्स का काम खराब है जिनका नाम खराब है जो पैसा ले लेते हैं लेकिन काम पूरा नहीं करते जो काम तो ले लेते हैं लेकिन टाइम पर काम पूरा नहीं करते ऐसे कॉन्ट्रेक्टर्स को कॉन्ट्रेक्टर जी कंपनी कभी भी अपने प्लेटफार्म पर जगह नहीं देगी फिर चाहे वो कितना ही बड़ा हो और चाहे कितना ही छोटा हो अगर वे लोग कहीं से भी चोरी छुप भी कॉन्ट्रैक्टर जी पर अपने प्रोफाइल बनाते हैं अपना प्रोडक्ट ऐड करते हैं तो कॉन्ट्रेक्टर जी की टीम उनको वेरीफाई करके उनको हमेशा के लिए ब्लॉक कर देगी उसका ईमेल ब्लॉक कर देगी उनका मोबाइल नंबर ब्लॉक कर देगी ताकि वो दोबारा कॉन्ट्रैक्टर जी पर अपनी वेबसाइट ना बना सकें अपनी प्रोफाइल ना बना सकें और लोगों के साथ धोखा ना हो लोगों के साथ चीटिंग ना हो किसी का पैसा वेस्ट ना जाए कि कोई आदमी का भरोसा ना टूटे इसलिए कॉन्ट्रैक्टर जी कंपनी ऐसा कदम उठाती है कई कॉन्ट्रैक्टर्स ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि साहब हम तो कम भाव में काम कर देंगे हम तो कम पैसे में काम कर देंगे फलाना आदमी तो इतने रुपये में काम कर रहा है हम तो इतने में ही कर देंगे वो तो तीन लाख रुपया कर रहा है और हम तो आपका काम दो लाख अस्सी में ही कर देंगे ऐसी मीठी मीठी बातें करके वो काम तो रख लेता है डील तो फिक्स कर देता है लेकिन जब काम पूरा करने की वक्त आता है तब वो काम बिगड़ जाता है लेट होता है और वो अधिकांश लोग तो काम को छोड़ के चले जाते हैं ऐसे लोग कॉन्ट्रेक्टर जी पर अपनी प्रोफाइल ना बनाएं, वरना कॉन्ट्राक्टर जी आपको ब्लॉक कर देगी लेकिन जो कॉन्ट्राक्टर जो कारीगर जो मिस्त्री अच्छा काम करता है भले वो दो रुपया ज़्यादा लेता हो लेकिन काम अच्छा करता हो कम से कम मटेरियल तो नहीं बिगड़ेगा काम तो लेट नहीं होगा भले ही वो पर स्क्वेयर फुट का दो रुपया ज़्यादा लेता हो लेकिन काम अच्छा करता हो अपने कारीगर और मज़दूरों को पैसा टाइम पर देता हो व्यवहार अच्छा बना के रखता हो मजदूर को कारीगरों को परेशान ना करता हो मकान मालिक को सही टाइम पर काम देता हो ऐसे आदमियों की ऐसे कॉन्ट्राक्टर्स लोगों की ऐसे कारीगरों की ऐसे मिस्त्रियों की ऐसे डिजाइनरों की कॉन्ट्राक्टर जी को बहुत ज़रूरत है आप आइए हमारे प्लेटफॉर्म पर आइए इस कॉन्ट्राक्टर जी प्लेटफार्म पर और अपना बिजनेस बढ़ाइए कॉन्ट्राक्टर जी वेबसाइट का पोर्टल बहुत सरल है फेसबुक पर प्रोफाइल बनाने से भी ज़्यादा सरल है यह पोर्टल जटिल नहीं है यह आपकी सुविधाओं के अनुसार बनाया गया है फिर भी प्रोफाइल बनाते वक्त साइनअप करते वक्त प्रोडक्ट एड करते वक्त इंक्वायरी ना मिलने पर आप कस्टमर केयर में आप फ़ोन कर सकते हैं तथा उनसे होने वाली दिक्कतें पूछ सकते हैं और उनका स्थायी समाधान निकाल सकते हैं कॉन्ट्राक्टर जी कंपनी हमेशा उनका स्वागत करती है जो अच्छा काम करते हैं जो अच्छी सेवाएं देते हैं जो लोगों के साथ में अच्छे से डील आते हैं लोग ज़्यादा पैसा देने से इतराते नहीं हैं लेकिन उनको अच्छा आदमी मिलना चाहिए उनको अच्छा काम करके देने वाला मिलना चाहिए अब आपको समझ में आ गया होगा कि कॉन्ट्रेक्टर जी क्या है और हमारे लिए ये क्यों ज़रूरी है अब हम जान लेते हैं कि इसको कब शुरू करना चाहिए कहां से शुरू करना चाहिए और कैसे शुरू करना चाहिए तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि कॉन्ट्रेक्टर जी एक बहुत ही शानदार और सरल वेबसाइट है ये ये वेबसाइट आपको हिंदी में भी उपलब्ध है किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी यहां पर आपको कोई अप्लीकेशन डाउनलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर फोन मेमोरी भर जाने का भी आपको कोई डर नहीं है डिलीट करने का भी कोई डर नहीं है यहाँ पर एप्लीकेशन को बार बार अपडेट करने का भी कोई झंझट नहीं है यह वेबसाइट आपके हर एंड्रॉयड फोन पर हर वेब ब्राउजर पर उपलब्ध है आप इसको गूगल या क्रोम ब्राउजर पर भी खोल सकते हैं या फिर आप गूगल में कॉन्ट्रैक्टर जी शब्द लिख आप इसको सर्च कर सकते हैं जब आप इसको पहली बार खोलेंगे तो हो सकता है कि इसमें 15 से 20 सेकंड का टाइम लगे क्योंकि इस वेबसाइट पर ट्रैफिक होने की वजह से ये वेबसाइट थोड़ी स्लो हो सकती है 10 से 15 सेकंड बाद में वेबसाइट खुल जाने पर आप ऊपर शाइनअप का बटन होगा इसमें वहां पर आप साइन शाइनअप कर लें और एक अकाउंट बना लें और ये अकाउंट वैसे ही बनाना है जैसे हम फेसबुक पर प्रोफाइल बनाते हैं फेसबुक पर जैसे लोग दोस्त बनाने के लिए आते हैं वैसे ही कॉन्ट्रेक्टर जी पर लोग काम को आदान प्रदान करने के लिए आते हैं मकान मालिक लोग कॉन्ट्रैक्टर ढूंढने के लिए आते हैं और कॉन्ट्रैक्टर लोग मकान मालिक को ढूंढने के लिए आते हैं इसलिए प्रोफाइल बनाते समय बहुत सारी बातों का ध्यान रखना जरूरी है आप जो काम करते हैं सिर्फ उसी काम की कैटेगरी और सब कैटेगरी चुनें। अच्छी क्वालिटी की फ़ोटो और सही जानकारी फॉरम में भरें सही प्रोडक्ट जोड़ें और सही और सटीक की सेट करें उन शहरों के नाम लिखना ना भूलें जिन शहरों में आप काम करने के लिए जाते हैं या फिर उन शहरों में आप मटेरियल सप्लाई करते हैं कहीं पर भी गलत फ़ोटो या वीडियो पोस्ट ना करें या गलत जानकारी फोरम में नहीं भरें तथा अन्य कॉन्ट्रैक्टर्स लोगों के प्रोफाइल पर गलत कमेंट अथवा गलत रिव्यू अभद्र भाषा में रिव्यू ना लिखें बस इतना सा काम करना है फिर मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आपकी प्रोफाइल जितनी शानदार और जितनी जानदार होगी कस्टमर आपको उतने ही कॉल्स और मैसेजेस करेंगे और उतने ही ज़्यादा आप कामों को डील कर पाओगे आप अपनी प्रोफाइल एक बार में बना सकते हो एक बार में नहीं बनती है तो दो चरणों में बना सकते हो कभी भी बना सकते हो कहीं भी बना सकते हो अगर आपको प्रोफाइल बनाना नहीं आता है आपको लगता है कि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ और मेरे से प्रोफाइल नहीं बना पा मैं बना पा रहा हूँ तो आप कंपनी के कस्टमर केयर में कॉल करके या कंपनी के व्हाट्सएप नंबर पे हेल्प लिख के भेज दीजिए कंपनी आपको फ़ोन कर लेगी और आपकी प्रोफाइल बना देगी इसके एवज में कंपनी आपसे ढाई सौ रुपया लेगी और आपको दस से पंद्रह दिन का वेट भी करना पड़ सकता है इसलिए मेरा सजेशन तो आपको यही है कि कोशिश करें कि प्रोफाइल खुद बनाएँ या फिर किसी अन्य व्यक्ति से भी बनवा सकते हैं ताकि आपका पैसा भी बचे और आपका समय भी बचे आपको काम तभी मिलेंगे ग्राहक आपको कॉल तभी करेंगे जब आपकी प्रोफाइल में जान होगी जब आपकी प्रोफाइल पूर्णतया कंप्लीट हो जाएगी और आप लोग जो पुराने कस्टमर हैं उनके रिव्यू अपने प्रोफाइल पर लोगों को दिलवा सकोगे जिस शहर का नाम आप डालोगे वहीं से कस्टमर आपको फ़ोन करेंगे जो कैटेगरी आप वेबसाइट के फॉरम में भरोगे उसी से रिलेटेड आपको काम मिलेगा वेबसाइट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है जैसे ही वेबसाइट कम्प्लीट होती है आपको इसका लिंक भेज दिया जाएगा और जल्दी ही आप कामयाबी का सफ़र शुरू कर पाओगे जिन कॉन्ट्रैक्टरों को जिन भाइयों को नहीं समझ में आता है कि इस वेबसाइट में अकाउंट कैसे बनाएं प्रोफाइल कैसे बनाएं, उनके लिए मैं एक दूसरा वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें मैं बताऊँगा कि आप इस वेबसाइट में कैसे प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो कैसे अपना अकाउंट सेट कर सकते हो कैसे कीवर्ड डाला जाता है कैसे प्रोडक्ट डाला जाता है कैसे फोटोएँ डाली जाती है कैसे रिव्यू के लिए लोगों को इनवाइट किया जाता है कैसे इसको शेयर किया जाता है ये सारी चीज़ें मैं उनके लिए बनाऊंगा जिनको प्रोफाइल नहीं बनाना आता है अच्छा काम करें अच्छा पैसा कमाएँ खराब काम करने वाले तो मार्केट में और भी बहुत पड़े हैं और उनकी बदनामी भी कैसी होती है आप जानते हो बुरे काम का बुरा नतीजा मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी हम जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद बुरे काम का बुरा नतीजा क्यों भाई चाचा हाँ भतीजा चाचा भतीजा